हाँ मानता हूँ पिछले दो तीन साल में ना चला उसका फॉर्म और ना ही चला उसका बल्ला लेकिन मेरा दिल बोलता है दोस्तों कि इस आने वाले एशिया कप में ये आवाज जरूर सुनाई देगा